एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया वह साधु के बारे में बहुत सुना था तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जा करके देखता हूं कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं जब वह उस आश्रम में गया तो वहां पर एक छोटा सा कमरा था जहां पर एक कालीन बिछा हुआ था वहां पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे कुछ सवाल जवाब चल रहा था वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ में चार बॉडीगार्ड भी थे और उसकी यह आदत थी कि जहां पर भी वह जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ़ देखते थे हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ़ देखा तक नहीं तभी नेता को नेता को लगा कि यह मेरी बेज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला आप थोड़ी देर रुकिए पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं तब तक आप अगर चाहे तो आप बैठ सकते हैं बस साधु का इतना कहने की ही देरी थी नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया अभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप आप कह करके बात कर रहा था लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया नेता ने उस साधु को कहा तुझे पता भी है मैं कौन हूं और तू किस से बात कर रहा है साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी है अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा और साधु की यह कहते हैं नेता गुस्से से पागल हो गया और वही सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ साधु ने फिर से नेता की तरफ़ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं आप जो चाहें वह मेरे बारे में सोच सकते हैं फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ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 लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी ही रही यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा अब बहुत हो गया अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकने वाला लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो।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 मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाक़ी सब लोग उस नेता को कहते हैं और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ़ चला गया और जाकर के अपने पिताजी के साथ में बैठ गया उसके पिताजी ध्यान में थे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 फिर उसने एक-एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ किस तरह से वह आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी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 यथा दृष्टि तथा सृष्टि यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है यह दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जैसे तुम खुद हो जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है अपनी नज़र को बदलो